गोल्डन वर्ड्स बाय साढ़े गुरु पानी पीता करो जय डॉक्टर ए दस देवे तो वो कोल जाएगा कौन पानी हर मर्ज़ का इलाज है गुरु कहते हैं पानी बहुत पिया करो अगर डॉक्टर ये सब बता दें तो उसके पास कौन जाएगा पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है